तीन बंदे बचे बोसरे वाले एक देखो यहाँ पर खड़ा है और अपन के ऊपर एक मंदरा रहा है जिससे अपन से बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये दुकिया पर हेड़ पे हेड़ हेड़ पे हेड़, हेड़, हेड़ लगे मतलब बहुत ज्यादा लगे भाई लोग और आप बहुत ज्यादा नूब है यार मतलब प्रो नहीं है यार भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मतलब देरी मत करो आप उनको प्रो समझ कर नहीं तो नूब समझ कर ही कर दीजिए यार सपोर्ट कर दीजिए मतलब अपन भी थोड़ा बहुत खेलने की सोच रहा है मतलब खेल लेता हो यार रुको यहाँ पर बंदा उतरेगा ऊपर वाला उसके भी खोपड़ी में आप उनको छेद करना है यहाँ पर खेल मिच चुके हैं आप पूरे के पूरे भी मार दीजिए ये काम हो गया खत्म